हेड स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर वन चैनल जी दोस्तों यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आपका एग्जाम चार फरवरी से हिस्ट्री का है नहीं होना है और आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी को लेकर के बहुत ही डिप्रेशन में टेंशन भी ले ली होंगे तो बिल्कुल आप लोग निश्चित हो जाए क्योंकि आप आपके सामने सेम टू तो सेम हु क्वेश्चन पेपर ही जो है लेकर आगे हैं और इसी टाइम इसी टाइप का सेम टू सेम हुई देखने को मिलेंगे आपको बता दे कि ये सारा सेट कोड वगैरह जितना भी सारा चीज देख रहे हैं सेम टू सेम आपका क्वेश्चन पेपर आपको इस तरह ही मिलने वाला है और एक चीज आपको बता देखो तो पैटर्न को लेकर आप लोग का डाउट था जिसकी तैयारी भी नहीं हुई है आपको लगभग सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो बच्चे अभी तक अगर आपकी तैयारी नोट कर लीजिएगा और जितने सारे बच्चे पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप लोग के रूप में लगाना है और आप समझ जाइए रियलाइज कीजिए आप को फिल करते जा रहे हैं तो तो हम लोग इसी के साथ शुरू करते हैं जैसे है आप कर है? कर तो कि आपके बं, बं, तो देखिये आपको बताना है किस भाषा में आपको बताना है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा तेजी से आंसर देने का प्रयास किया बहुत ही बढ़िया देखिए महात्मा गांधी की आत्मकथ किस भाषा में तो बिल्कुल आपको पता है गुजराती भाषा में कौन सी भाषा में गुजराती भाषा तो इसका आंसर आपका गुजराती राइट आंसर हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे देखिए गांधी जी जो उन्नीसो में जो है चंपारण सत्याग्रह आपको बताया उन्नीस सौ सत्रह को था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही चला गया था अपना बिहार के चंपारण जिला में यानी वहाँ के किसानों से जो है यानी क्या तीन कठिया पद्धति लागू कर दिया था नील की खेती से जो वो कर वसूलते थे तो इसका ये जो है कौन जाकर के अनुरोध किया था यानी राजकुमार सुकल नाम के किसान जाकर महात्मा गांधी को अनुरोध किया था और वो यानी आए थे चंपारण सबसे पहला यानी किसान आंदोलन महात्मा गांधी का चंपारण सत्ता गया था क्वेश्चन नंबर थ्री देखेगा सविनिय आंदोलन का आरंभ यानी किसने किया था देखिए सवनीय आग आंदोलन का आरंभ जो है महात्मा गांधी के महात्मा गांधी नेतृत्व में चलाया था और ये 1930 में यानी चलाया गया था आप लोगों को पता होगा तो इसका आंसर आपका महाधी राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर फोन नंबर क्वेश्चन क्या कला था सुभाष चंद्र बोस भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कब बने थे देखिए सुभाष चंद्र बोस के दौरान भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे उन्नीस को बना था उन्नीसो चालीस को आपका यानी उन्नीस को तो बिल्कुल आपको पता होगा उन्नीस को बने थे और ये जो है उन्नीस को यानी फॉर्डर ब्लॉक की स्थापना भी किया था यह भी आपको यानी पता फिर नंबर क्वेश्चन देखिएगा कैबिनेट मिशन आए तो थे तो बिल्कुल आपको पता होगा कैबिनेट मिशन जो में भारत आए थे तो इसका आपका उन्नीस सौ छियालीस राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स शहीद आजम एक किसी कहा जाता है हम लोग पढ़े हैं हम लोग पढ़ रखे शहीद आजम जो है सरदार भगत सिंह को कहते हैं तो इस आंसर आपका भगत सिंह जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपके स्क्रीन पे साबरमती से डांडी की, की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की थी देखिए साबरमती से डांडी की डांडी यात्रा जो गांधी जी ने कितने दिन तक की थी चौबीस दिन तक किया था कितना दिन तक चौबीस दिन तक इसका आंसर आपका चौबीस राइट आंसर हो जाएंगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते नंबर एट आपके स्क्रीन पे कितने गोलमे सम्मेलन हुए थे देखिए आपको पता होगा टोटल जो है गोलमे सम्मेलन तीन हुआ था और पहला जो आंदोलन हुआ था वो उन्नीस को हुआ था कब हुआ था यानी उन्नीसो को हुआ था और दूसरा आपका यानी कब हुआ था यानी 1931 को और तीसरा आपका उन्नीस स हुआ था यह भी आपको याद रखना है ठीक तो है स्वेता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था बना तो को प्रांति है, सौ पैंतीस के अधिनियम से चले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दस नंबर क्वेश्चन उन्नीस छह में मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी देखिए उन्नीसो छह में मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था आप लोगों को बताओ यह कहा ढाका हुआ था 1935 तो इसका आंसर आपका ढाका राइट आंसर हो जाएंगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते स्क्रीन पर गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी यानी गुरुदेव की उपाधि जो है टाइगर को दी गई थी तो आपका रविनाथ टाइगर बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की ओर चलते हैं नंबर बारह है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था देखिए कांग्रेस का विभाजन आप लोग को पता होगा 1907 में यानी सूरत अधिवेशन में हुआ था तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 13 गुप्त संवंत कब और किसके द्वारा यानी शुरू किया गया था तो गुप्त संवंत जो है यह बिल्कुल आपको पता है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था और तीन सौ नई से आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलेन नंबर फोर्टीन आपके स्क्रीन पर पंचतंत्र की रचना किसने की थी पंचतंत्र की रचना आप लोगों को पता होगा आर्यभट्ट ने की थी, थी? बिल्कुल नहीं वरहमीर ने बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को विष्णु शर्मा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्राचीन नंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो तो है बिल्कुल आपको पता होगा यानी कुमार गुप्त होगा इसका आंसर आपका कुमार गुप्त यानी राइट आंसर हो जाएंगे कुमार गुप्त है राइट आंसर हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते स्क्रीन पर जीवक की ख्याति यानी किस रूप में थी यानी जीव की ख्याति जो है किस रूप में थी आपको वेद वेद के थी, आपका के रूप रूप में यानी यानी इस आपका राइट आंसर हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन चलते नंबर सेवन आपके स्क्रीन पे अंग राज्य अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है तो अंग राज्य के बारे में बताया भागलपुर में आंसर आपका भागलपुर राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है चलेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी देखिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने जो है गंगा सोन एंड पुनपुर नदी के संगम पर किया गया था तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया था यानी रथमूसल नामक आक्रमक यंत्र का प्रयोग यानी किस जनपद में सबसे पहले किया था तो बिल्कुल आपको बताया मगध यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा मगध राइट आंसर हो जाएंगे चलेक्टी ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तमलिपित बंदरगा अवस्थित जो था पे है तो जो है है पे नि बंगाल में कहां पे है पे बंगाल में तो इसका कहा अर्जुन जो द्रोणाचार्य आंसर हो जाएंगे टीका मराठी में लिखा था ठीक है क्या हो जाएंगे बिल्कुल मानश्वर जो भी बच्चे आप लोग आंसर बताया माने राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है चलेक्ट क्वेश्चन इसका इसका आंसर आंसर आंसर आंसर आपका आपका रक्षक राइट राइट हो हो जाएंगे। जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे अंबालिका अंबालिका किसकी पत्नी पत्नी थी? थी थी जो यानी यानी तो तो विचित्र विचित्र के थे है बिल्कुल ना। ना। क्ष था ना। ना यानी घटोत्कच जो थे यानी किन के पुत्र थे तो ये भीम के पुत्र थे किन के पुत्र थे यानी भीम के तो इसका आंसर आपका भीम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे भीम विल विद भी राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ट्वेंटी गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था बताओ गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल से लुम्बनी में हुआ था कभी कभी आपको सिर्फ कपिल वस्तु दिया था कहीं कभी अभी आपको लुम्बनी दिया वालाएंगे कहीं आपको नेपाल भी दिया तो आपको दिमाग आपको याद रखना है नेपाल भी हो गया आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन महावीर ने पासवनाथ के सिद्धांत पर नया सिद्धांत क्या जो था जो महावीर ने पासवान के सिद्धांत नया सिद्धांत जो जोड़ा था वो भ्राचार्य जोड़े थे कौन जोड़े थे यानी भ्राचार्य जोड़े थे तो इसका आंसर आपका भ्राचार्य राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन ट्वेंटी 28 देखेगा स्वेतंब एवं दिगंबर का शमन जो है किस धर्म से है चलिए 28 तो जानी जाती है तो बिल्कुल आपको बताओ आर्यो की सभ्यता वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल वैदिक यानी राइट आंसर हो जाएंगे जो ही बच्चे आप लोग वैदिक बता रहे बिल्कुल आप सच्चों का आंसर है आर्यो का सबसे प्रमुख पशु कौन था यानी आरियो का सबसे प्रमुख पशु आप लोगों को बताओगे गाय जो है आर्यो का सबसे प्रमुख पशु होगा बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे फोर्टी थर्टी वन देखिएगा द दे इंडिया इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस अठारह सल्तावन नामक पुस्तक यानी किसने लिखी थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस अठारह सल्तावन नामक पुस्तक के लेखक जो थे यानी बी डी आंसर आपका क्या हो जाएगा बी डी सावरकर राइट आंसर हो जाएंगे चलिए थर्टी टू आपके स्क्रीन पे उलगुलान विद्रोह का नेता यानी ने कौन था चलिए बताइए उलगुलान विद्रोह का नेता आपका ने जो होगा बिल्कुल बिरसा मुंडा हो जाएंगे तो इसका आंसर आपका बिरसा मुंडा राइट आंसर हो जाएंगे चले थर्टी वन थर्टी क्या हो जाएगा यानी थर्टी देखिए अठारह के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से बचने के लिए यानी नेपाल में शरण यानी किसने लिया था तो बताइए के के दौरान अंग्रेजों से बचने के लिए जो है कौन लिया थे, थे और कौन बेगम इसका आप पेन में से सभी यानी दोनों हो जाएंगे, इसका आंसर आप लोगों का दोनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी भारत का पहला व्यवसाय से बनाया गया था भारत का पहला व्यवहार जो है किसी बनाया गया था तो पहला आपका लॉर्ड करजन लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल इसका आपका लॉर्ड कैनिंग ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव महारानी विक्टोरिया विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र यानी कब जारी किया था तो महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जो है वो कब जारी किया था अठारह को जारी किए थे तो इसका आंसर आपका अठारह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन देखिएगा 36 आपके स्क्रीन पे बहादुर शाह के पुत्रों की हत्या यानी किसने करवाई थी देखिये बहादुर शाह के पुत्र की हत्या जो है बिल्कुल हर्शन के द्वारा नहीं किया गया था तो इसका आंसर आपका हर्शन राइट आंसर हो जाएंगे हर्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे थर्टी सेवन क्या कहलाता था चौल इमारत है किस नगर की प्रमुख विशेषता थी तो चौल इमारत है के बारे में आप लोग को बताना पहला आपका दिल्ली होगा मुंबई मद्रास कोलकाता देखिए तो चौल जो है थे, यानी किसका था मुंबई का था तो इसका आंसर आपका मुंबई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे थर्टी देखिएगा आपके स्क्रीन पे पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था चले चलिए बताइए पुर्तगाली पुर्तगालियों ने गो पर अधिकार जो है पंद्रह में किया गया था तो इसका आंसर आपका पंद्रह राइट आंसर हो जाएंगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते नंबर थर्टी नाइन भारत में पहली जनगणना कब हुई थी देखिए आप लोगों को बताओ भारत में सबसे पहला जनगणना अठारह सौ को हुआ था लेकिन पूर्ण रूप से जनगणना जो 10 वर्षीय जनगणना था अठारह सो एकसी को हुआ था ये या आपको याद रखना है अठारह ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे ब्राह समाज के संस्थापक कौन थे ठीक है मोहन राय यानी इसका आंसर आपका परफेक्ट हो जाएगा ठीक है तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा यानी राम मोहन राय बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे चले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फोर्टी क्या कहलाता है सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता था यानी सूफी परंपरा में शिष्य को जो है क्या कहा जाता है मुड़ी कहा जाता था क्या कहा जाता था मुड़ीत तो बिल्कुल इसका आंसर जो भी बच्चे आप लोग मुड़ीत बता रहे बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर मुड़ी राइट आंसर हो जाएंगे चले क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्या कहलाता है कि भारत में चिस्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे तो देखिये चिस्ती सिलसिला के संस्था निजामुद्दीन ओलिया नहीं निजामुदीनियाजामुद्दीन के बारे में आपको थ्री किस सिख गुरु को का जन्म यानी पटना में हुआ था तो देखिए किस यानी सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पे पटना में हुआ था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 43, किस विदेशी यात्री ने पुरानों में पुरानों का अध्ययन किया था देखिए किस विदेशी यात्री ने पुरानों का अध्ययन क्या था पहला आपका क्या दिया हुआ अलवरूनी तो बिल्कुल इसका अवेरूनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे भारत में द्वारा यानी सती प्रथा आल यानी प्रस्तुत किया था तो इसका आंसर आपका इब्न बतुता राइट आंसर हो जाएंगे चले फोर्टी सिक्स आपके स्क्रीन पे क्या कलाता तो मतलब है इब्न बदता की नाम बताइए देखिए इब्न बदता की पुस्तक का नाम क्या है पहला ऑप्शन में आपका इंडिका दिया हुआ है दूसरा तहकी दिया हुआ तीसरा आपका चौथा ट्रेवल इंडिया तो तो किताबुल जो है किसका है नहीं, का है किसका तो का का आप लोगों राइट आंसर हो जाएंगे किताबुल किताबुल किताबुल का कौन सा पुस्तक है यानी राइट आंसर हो जाएंगे देखिएगा किसका यात्रा तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो so डेफिनेटली आपको बताना चाहिए पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है चंद बरदाई होगा इसका आंसर आपका चंद बरदाई जो भी बच्चे आप लोग चंद बरदाई दे रहे हैं आंसर बिल्कुल आपका आंसर चंद बरदाई राइट आंसर हो जाएंगे 49 आपके स्क्रीन पे दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी देखिए दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका पहला आपका राजिया है, चांद जहां आपका जहां रा है। तो देखिए आपको बता दें की पहली और अंतिम महिला जो थी राजनीतान था और चलते आपके स्क्रीन पर क्या कहलाता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान यानी कौन था यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था पहला आपका यानी क्या दिया है इब्राहिम लोदी दिया हुआ है तो बलवन दिया हुआ बलवंत नहीं होगा देखिए दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो सुल्तान होगा इब्राहिम लोदी होगा क्योंकि आपको था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश जो आपका कुशीनगर राइट आंसर हो जाएंगे हराया था बिल्कुल को जो हराया था हुमायूं को था, हराया था तो इसका आंसर आपका हुमायूं हो जाएंगे चलिए क्वेश्चन 53 आपके स्क्रीन पे जहांगीर का शासन काल क्या है देखिए जहांगीर का शासन काल आपको पता है यानी कौन यानी अकबर का पु, पु, पुत्र का नाम क्या बिल्कुल आपको बताओ हो जहांगीर होगा बिल्कुल सोलह से लेकर सोलो सताइस तक कि जहाँगीर का काल था और उसका पुत्र का कार्यकाल कितना था यानी पंद्रह सौ छब्बीस से यानी सोलो से लेकर यानी सोलह तक किसका था अकबर का था उसका पुत्रो पांच से लेकर सोलह तक का चलिए आगे देखेंगे आपकी स्क्रीन पर फिफ्टी नंबर क्वेश्चन नुर्जा का असली नाम क्या था देखिए नुर्जा का अली नाम आप लोगों को डेफिनेटली बताओहा नाम मेहरू निशा होगा जितने सारे हम लोग ये सारा क्वेश्चन पढ़ रखे हैं और आप लोग मेरे साथ अगर पहले से जुड़े हुए अकबर का नाम क्या होगा भी मतलब के सेवन परंबाकू तो का सेवन पर जो है किस शासक ने प्रति पहला ऑप्शन दिया अकबर बाबर आपको पता होगा किसान लगाया था यानी सेवन पर और का सेवन जो है किसके द्वारा किया गया था ये जो प्रथम जो किया गया था यानी किसके द्वारा अकबर के द्वारा किया गया था और इस पर प्रतिबंध जो है जहांगीर ने लगाया था ठीक है तो ये इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया ठीक है चलेक्ट क्वेश्चन सेवन आय बड़ी कितने भागों में व्यक्त है देखें बड़ी 어디, आप लोगों को पता होगा एनक बड़ी कितने पांच भागों में वक्त है कितने भागों में पांच भागों में तो जो भी बच्चे आप लोग पांच भाग बता रहे हैं फिफ्टी एट देखेगा एनक बड़ी में अकबर के काल कितने सुबह का वर्णन है तो एनक बड़ी में अकबर के काल में कितने सुबह का वर्णन है तो यह बारह सुबह का वर्णन होगा आपका आंसर क्या हो जाएगा बारह राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है भारत आने वाले पहले बाबर कहा का यानी शासक था यानी भारत आने से पहले भावर कहां का शासक था तो फरगाना के शासक थे तब भारत आया था ठीक है बाद में चलिए इसका आंसर आप का क्या हो जाएगा यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अकबर ने टोडल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया था तो देखिये अकबर ने टोडल को दीवाने अरफ जो नियुक्त किया था कब क्या था पंद्रह सो बरासी को नियुक्त किया था कब तो क्या थाने सौ बिरासी को तो इसका आंसर आपका पंद्रह सो बिरासी राइट आंसर हो जाएंगे चले फिफ्टी सिक्सटी नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम्पीनगर के सम्राम संबंधित है तो देखिए हम्पीनगर जो आपको बताओ विजयनगर साम्राज्य संबंधित होगा क्योंकि विजयनगर समाज पहले बाद ध्वस्त होने के बाद जो है इसको हम्पी के नाम से जाना गया था विजय का संस्थापक किया था? बिल्कुल आपको हरियाणा में 62 आपके स्क्रीन पे क्या कला था निजामुदीन सुनसिल से संबंधित है तो देखिए निजामुदी के बारे में आपको पता होगा संबंधित है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था देखिए भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था बाबर सौ छब्बीस में मुगल वंश का नीर रखा था क्वेश्चन पेटी पुरानों की संख्या कितनी देखिए पुराने की संख्या होगा, होगा। पुराने की संख्या संख्या आपको 18 18 होगा कितनी है बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा क्वेश्चन 65 देखिएगा अपने जीवन का अंतिम भाग यानी बिताया था जबने अपने जीवन का अंतिम भागया था, वो कहां बिताया था? भारत में बिताया था? तो इसका दक्षिण भारत राइट आंसर हो जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया की सैनिक का उदाहरण है देखिए गेटवे ऑफ इंडिया आप लोगों को पता है इस ग्यारह में हुआ था गेटे ऑफ इंडिया का और ये कहां पे इसका कहा मतलब मुंबई में है और ये जो है आपका इंडो रसायनिक शैली का ठीक है ये है उदाहरण है तो इसका आंसर आपका इंडो रसायनिक शैली राइट आंसर हो जाएंगे 67 देखिएगा देखेगा महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था तो महलवाड़ी बंदोबस जो है मार्टिन वट के द्वारा लागू किया गया था उसका तो आंसर मार्टिन वट यानी राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एट क्या कला था फतेहपुर सिक्री को किसने यानी राजधानी बनाया था फतेहपुर सिक्री को आप लोगों को पता होगा बाबर होगा ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन अकबर तीसरा ऑप्शन जहागीर चौथा ऑप्शन साझा तो देखिए फतेहपुर सिकेरी को जो है राजधानी किसने बनाया था यह अकबर ने बनाया था किसने बनाया था अकबर ने तो बिल्कुल इसका आंसर आपका अकबर राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन 69 देखिएगा सात दीपों का नगर यानी किसे कहा जाता है तो देखिए सात दीपों का नगरी जो है आप लोग को बिल्कुल पता होगा सात दीपों का नगरी मुंबई को कहा जाता है तो इसका आंसर आपका मुंबई राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है छेक्ट क्वेश्चन की चलते क्वेश्चन नंबर सेवेंटी आपके स्क्रीन पे लोथल किस नदी के किनारे स्थित है देखिए आपको पता है लोथल जो है आपको पता होगा लोथल यानी भुगवा नदी के किनारे है तो इसका आंसर आपका भुगवा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे और एक चीज आपको पता होगा लोथल जो है कहां पर स्थित है ये भी आप लोगों को पता होगा देखिए लोथल कहां पे गुजरात में है ठीक है और राजस्थान में जो होगा यानी कालीबंगल जो है का पे है पे कहा राजस्थान में क्योंकि अक्सर बच्चे जो है कन्फ्यूज कर जाते हैं अलवार संत किसका पूजा करते थे देखिए अलवार जो संतनी किन के पूजा करते थे विष्णु के पूजा करते थे किसके करते थे यानी विष्णु के पूजा करते थे तो इसका आंसर आपका विष्णु राइट आंसर हो जाएंगे सेवेंटी टू देखेगा निजामुद्दीन किससे संबंधित है तो देखिए निजामुद्दीनिया पता है सिलसिले से संबंधित है इसका दरगाज में आपको हम कई बार बताए ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी आपके स्क्रीन पर रामानंद थे, कौन थे? तो देखिए रामानंद के शिष्य रेदास भी था यानी कबीर भी था धन पिपा भी था तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी फोर खाजा चिस्ती की दरगाह पे है? देखिए खाजाम चिश्ती की दरगाह आप लोगों को पता होगा ये जो है कहाँ पे यानी अजमेर में कहां पे है अजमेर में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे अजमेर यानी राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन आपका दिल्ली में जो है क्या है निजामुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है दिल्ली में क्वेश्चन देखिएगा सेवेंटी निम्न में से महिला रहस्यवादी संत जो यानी कौन थी तो महिला रहस्यवादी संत जो था कराइकल था कौन थी यानी कराईकल तो इसका आंसर आपका कराइकल राइट आंसर हो जाएंगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स किस वंश की रानी थी मीरा बाई के बारे में आप लोगों को बताना है मीरा बाई जो है कि चौहान वंश की चौहान तो राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है, चलते, 77, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का लाने को एने किसे, किसे एने जाता है? सिरे किसता है उत्तर भारत से मतलब, उत्तर भारत में यानी आंदोलन को लाने का सिरे किस जाता है तो रामानंद क्या था ठीक है तो इसका आंसर आपका रामानंद राइट आंसर हो जाएंगे चले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सेवेंटी बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है तो देखिये बीजक में जो है कबीर का यानी किसका है कबीर का जो है क्या है थे, तो इसका आंसर आपका कवर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे तलवंडी किसान था तो तलवंडी में जो है था यानी, गुरु नानक का जन्म स्थान था तलवंडी में तो इसका तलवंडी गुरु नानक राइट आंसर हो जाएंगे खाला पंथ की स्थापना किसने की थी तो खालसा पथ की स्थापना गुरु तेग बहादुर गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह बंदा बहादुर कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कृष्णदेव राय की रचना कौन सी देखिए अमुक्त मालिया याद जो है लेखक कौन है राय होगा इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन एट्टी टू देखेगा गोपुरम का संबंध जो है किससे है देखिए गोपुरम का संबंध आप लोगों को पता होगा मंदिर के प्रविद्वार से है तो इसका आंसर आपका मंदिर का परिवर्तार राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन थ्री देखेगा विजयनगर का महानतम शासक कौन था देखिए विजयनगर का महान शासक आपको पता होगा यानी कौन थे कृष्णदेव राय कौन थे कृष्णदेव राय बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे चले एटी नंबर क्वेश्चन देखेगा विजयनगर समाज की स्थापना यानी किसनी की थी देखिए विजयनगर समाज की स्थापना हरहर मुक्का के द्वारा किया गया था और कब किया गया था यानी तेरह में किया गया था चले फाइव देखेगा विजयनगर तथा बमनी के बीच यानी प्राय क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता है तो हमेशा जो होता है किसको लेकर लेकर के को ले के रायचूर को जो हमेशा संघर्ष होता रहता है 86 देखिएगा की यात्रा पर आने वाला घोषित किया गया था तो घोषित किया गया था वो उन्नीसो छियासी को घोषित किया गया था उसका राइट right आंसर हो जाएंगे विजयनगर के शासक शासक अपने अपने आप आप को को क्या क्या क्या कहते कहते कहते कहते हैं? देखिए विजयनगर के अपने जो है राय राय राय थे क्या कहते थे? कहते थे तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा राये, बिल्कुल आप सब बच्चों का विदेशी यात्री कौन था विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री निकोलो थे। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन चलते हैं क्या कहलाता है कि भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था तो बिल्कुल आपको, के जो है ये तो इसका आपको फरगाना राइट आंसर हो जाएंगे अकबर ने टोडलमल को दिवान अब नियुक्त अकबर ने को ट्रॉडन दिव्या जो नियुक्त किया गया था वो पंद्रह सौ बिरासी को किया था कभी कहीं आपको पंद्रह सौ इक्का से लेकर बिरासी रहता है ठीक है तो आप इसका पंद्रह सौ बरासी राइट आंसर हो जाएंगे चलिए क्वेश्चन एट्टी नाइन थ्री आपके स्क्रीन पे औरंगज़ेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बताया था औरंगजब के द्वारा अपने जीवन का अंतिम भाग जो बताया था वो दक्षिण भारत में बताया था कहाँ पे बताया थाने दक्षिण भारत में तो इसका आंसर आपका दक्षिण भारत राइट आंसर हो जाएगा 94 फोर देखेगा भारत का प्रथम मुगल शासक यानी कौन था तो बिल्कुल आपको बताओ भारत का प्रथम मुगल शासक जो था यानी यानी बाबर था जो 1526 में यानी मुगल वंश का नींव रखा था ठीक है तो ये तो आप लोगों को पता होगा चलेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव क्या कलाता है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो है पंद्रह में बिल्कुल भी नहीं पंद्रह सौ भी नहीं हुआ था पंद्रह में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कई बार आप लोग हम क्लास में बताए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स देखेगा कहां कहा मकवाड़ा था ानसन का सॉरी तानसन का मकबरा जो है कहां है तो तानसन का मकबरा जो है गवा, गवालियर में है. कहां पे है यानी गवालियर तो इसका आंसर आपका गवालियर राइट right आंसर हो जाएंगे चले नाइन सेवन आपके स्क्रीन पे अकबर के काल राश्य व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी तो अकबर के टोडलमल के हाथ पे था किसके थाने टोडलमल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा टोडलमल नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते नाइन्टी एट नंबर आपके स्क्रीन पे पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी कब हुआ था पानीपथ काम युद्ध पंद्रह सौ छब्बीस में हुआ था द्वितीय युद्ध जो थाने पंद्रह सौ को हुआ था ठीक है तो इसका आंसर आपका पंद्रह राइट आंसर हो जाएंगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं? नहीं पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी प्रथम युद्ध पंद्रह सौ छब्बीस को हुआ था ठीक है द्वितीय युद्ध पंद्रह सौ छब्बीस को था यह चीज़ आप लोगों को एकदम याद रखना है और और एक चीज आप पानीपत का द्वित तृतीय युद्ध जो है कब हुआ था सत्रह सौ एकसठ में हुआ था यह भी याद रखना क्वेश्चन देखिएगा नाइन्टी नंबर क्वेश्चन सल्तनत का स्थापना कब हुई देखिए दिल्ली सल्तनत का स्थापना बार को हुआ था और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था इब्राहिम लोधी था तो ये तो आप लोगों को पता होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपको बताए थे कि इन हंड्रेड क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिए नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको आपको हम बता रहे फिफ्टी क्वेश्चन आपको यहाँ से आपके एज्जाम में हंड्रेड देखेंगे ठीक है तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो कहा शुरू किया था तो बिल्कुल आपको पता है डांडी से किया था और एक कब किया था 1930 को किया था तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे तो डिस्ट्रेंड उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया पसंद आया तो लाइक करके जमकर अपने दोस्तों को शेयर करें क्योंकि तो आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चलेगा यही तक आज के क्लास को इन करते हैं जब तक